किसी ने सत्य ही कहा है कि जो दिखाई देता है वो हमेशा सत्य नहीं होता कि जो दिखाई देता है वो हमेशा सत्य नहीं होता क्योंकि कभी आँखों में धोखे हैं तो कभी धोखे में आँखें